जनता माई होती है जनता ने जिसको आशीर्वाद किया वो श्रोयता धराव और चौटन अगली पंचायत समिति की मीटिंग थी भी हमने सभी कांग्रेस के मुखिया से निवेदन किया चुनाव आ गया और गांव की सरकार बनाने के लिए आपको आपका प्रतिनिधि पंचायत समिति का जिला परिषद का प्रतिनिधि चुनना है हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी जो राय आप जिस आदमी का नाम लेंगे सर्व समिति से उसी को ही हम आगे कांग्रेस हाईकमान से निवेदन करेंगे उसको ही टिकट दिलाएंगे और वो आदमी एक ऐसा होना चाहिए जितना उम्मीदवार होना चाहिए किसका उम्मीदवार होना चाहिए सबको साथ में लेकर चलने वाला उम्मीदवार होना चाहिए इसीलिए आपको तकलीफ दी है कांग्रेस पार्टी क्या है कांग्रेस की नीति क्या है कांग्रेस की विचारधारा क्या है आपसे छुपी हुई नहीं है मेरा निवेदन है अभी दो साल से आपके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस आ? की सरकार है भी बन सका आज हम नहीं कह सकते हमने पूरी संभावना हर आदमी की आवाज दी और पूरा काम कर दिया हमारे से जो भी बन सका पिछले आठ नौ महीना से पूरे विश्व के अंदर कोरोना एक बीमारी इतनी खतरनाक है नहीं। नहीं। जिसका कोई दवाई नहीं सोगे, सोगे। जिसका कोई वैक्सीन नहीं जिसका कोई टीका नहीं एक ही बचाव ही उसका उपचार है उसके अंदर लगन से जितने भी अपने से मालिक किसी के घर कोई बीमारी नहीं और आए और आई उसको ठीक करना उसका ट्रीटमेंट करना उसकी जांच करनी उसको करने के लिए हमने पूरी मेहनत की इस कोरोना काल के अंदर मजदूरों की मजदूरी बंद होगी कई लोगों की नौकरिया चली गई कई फैक्ट्रिया बंद होगी उसके अंदर अपने यहाँ सामाजिक संस्थाएं अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता घर घर जाकर उनको खाना देने की सुविधा हो दूसरी कोई सुविधा के लिए दवाई हो कोई चीज हो रहने की व्यवस्था भी व्यवस्था आपने बहुत अच्छी की और राजस्थान सरकार ने जो नौ महीना के अंदर कोरोना के तो होते हुए भी जो मैनेजमेंट किया मैं माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को और पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा की वो पूरे भारत के अंदर अवल नंबर